वीडियो कल तक बने रहे कहाँ गया कहाँ गया यहाँ पर है यहाँ पर अभी मैं शिकार करूंगा शेर को तो वीडियो कल तक बने रहना है कहाँ गया कहाँ गया शेर अभी तो यहाँ पर था इसे तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ भागकर चल गया ओ माय गॉड अभी तो था भाग गया मैं तो देखा था सही मिल गया मिल गया भाई मिल गया यहाँ पर देख सकते हैं चुपके से एक हेड शॉट मारूँगा इसको और मर जाएगा भागता है देख सकते हैं यहाँ पर और एक शॉट नहीं लगा बच गया भाई साहब ये तो भागता है ओ भाई साहब रुक जा तू जा भी म जाते तो वो बच्चों का धरने के लिए जाते वाला है यहाँ पर इस बच्चे को लग गया शॉट भाई साहब पकड़ने नहीं देता है क्या करे और मैं इसे अभी के अभी क्या करे भाई बच्चे मिलकर आपका बच्चा देखो मिलकर आपका बच्चा यहाँ पर हमारे पास मिलकर आपका बच्चा नहीं मार और इसे भी मज़ा सिखाती साला से ना भी और तेज भाव रुक जाना भाई तुझे मज़ा इसे तो अभी मैं पानी में फंसाता हूँ अभी अरे भाई रुक जा रुक जा वो फस गया अब तो इसे मार दूंगा रुक जावे ये भाई साहब ना अभी मार के रहूंगा इसे अभी तो इसे हम मार के रहूंगा, मार दूर रुक जा नहीं तो भाई साहब है तो पकड़ने नहीं देता है कितना दोराया लगे कितना भाई साहब ये तो बहुत तेज है भागने में क्या करे कहाँ चल गया रे यहाँ पर है और मैं इसे अभी कभी तो मार दिया मार दिया इसे भी अभी मार दूंगा तू भी मर जा अभी इसे हम मार दिया भाई इसे भी अभी मार देता हूँ रुक जा रुक जा मर जा मर जा मर गया हाँ मर, मर गया मर गया मर गया भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ जय हिंद जय जाह भारत